Welcome back guys to episode of Associates. So, जैसे कि कि मैंने अपने में में किया था कि एक को में कैसे ट्रेड करना चाहिए How should a beginner, means एक जो में आना चाहता है, तो कैसे करना कर चाहिए? कैश में, में करना चाहिए इक्विटीज क्या होती है एंड ऑल देट तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो उस प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं उसको देखने के बाद आपको ये चीज और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी सो so, कैश और इक्विटी जो है उसके इंटरडे इंटरडे के बाद लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं कि कहता है टेक्निकल एनालिसिस जो है ये हर एक जो ट्रेडर है उसको पता होना चाहिए ये किसी भी टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है टेक्निकल एनालिसिस जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के so, फंडामेंटल्स क्या है वो सिर्फ प्राइज एक्शन पे काम करता है वॉल्यूम क्या है ट्रेंड क्या है उस पर काम करता है तो बिफोर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस करनी है आपको किसी किसी भी स्टॉक की तो उससे पहले आपको ये जानती कुछ चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए पहली चीज जो जानना जरूरी है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग क्या बोल रहा हूं मैं मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग मार्केट क्या करती है मार्केट डिस्काउंट करती है एवरी थिंग्स डिस की आपको किसी स्टॉक में फिफ्टी डिस्काउंट मिल रहा है ये नहीं है कि चीज 20 क्या बता रहा है कि स्टॉक को कोई भी अगर इंसाइडर है या जो भी इंस्टीट्यूशन है बिग इंस्टीट्यूशन है वो कुछ कर रहे हैं स्टॉक के साथ तो हमें पहले से पता चल जाता है एक टेक्निकल एनालिस्ट को पता चल जाता है टेक्नोलिस्टर उसको फंडामेंटल से कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करता है इस चार्ट को आपके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ तो वो क्या करता है वो चार्ट देखता है वो वॉल्यूम देखता है तो उसको अंदाजा लगाता है कि स्टॉक के साथ हो क्या रहा है तो जैसे कि एक insider को यहां पर technical analysis की तो उसने यहाँ क्या find किया कि यहाँ पर जहाँ पर ये lines meet कर रही और थोड़ा पीछे चलते हैं आपके लिए okay. so, एक technical analysis क्या देखा कि पर पर इसको एक resistance feel हो रहा है stock दो यहाँ पर है दो बार आया और दोनों बार आके स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया तो टेक्निकल एनालिसिस देख लिया उसको एक इन न्यूज इनसाइडर चाहे जो मर्जी कर रहा चाहे ऑपरेटर कोई भी गेम खेल रहा हो इस लेवल पर उसने क्या किया उसने एनालाइज कर दिया. दिया। so, क्या हुआ? जो एक टेक्निक क्या किया उसने बाय कर लिया तो तो रैली कर रहा था जैसे हम देख रहे हैं स्टॉक रैली कर रहा है अगर स्टॉक स्टॉक स्टॉक रैली कर रहा रहा रहा था था था तो उसे तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए उसने उसने उसने क्या देखा? देखा देखा कि भाई जो एक था या जो था, एक एक में लेके रखा डेली डेली टाइम टाइम पर बढ़ बढ़ है। है। उट प्रीवियस वॉल्यूम वॉल्यूम से यहाँ कम बढ़ा जितनी यहाँ दी स्टॉक स्टॉक ने ने अगर ने जो यहां मूवमेंट दी है चला गया, 950, पर एक क्या देखा कि भाई यहाँ पर तो इसको दो बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है तो उसने क्या किया उसने एनालिसिस किया कि नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट जब तो तो किया जब नेक्स्ट कैंडल कैंडल बनी एंड देन एक बिग रेड बायो ट्रैप हो गया जो टेक्नोलिसिस किया उसने इसको नीचे आने का वेट कर दिया मार्केट so, जो है वो हर चीज चार्ट है वो हर चीज को यहाँ बता देता है अपनी कहानी एक स्टॉक खुद बताता है चार्ट पे। तो चार्ट को स्टडी करना बहुत जरूरी है पढ़ना बहुत जरूरी है एक, एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं चार्ट पे ले रहा हूँ आपके सामने अगर आप देखेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक स्पोर्ट थी कितने पे सात सौ पे तो जो टेक्निकल एनालिस्ट था उसने क्या देखा कि स्टॉक यहां गिर रहा है, उसने देखा स्टॉक यहां गिर रहा है यहां ऊपर गया यहां वापस गिरा देन यू फाइंड यहां तो सपोर्ट है भाई लेकिन कितनी अच्छी प्यारी सपोर्ट बनी थी अब जो न्यू भी था उसने तो सेल कर दिया होगा स्टॉक को स्टॉक तो गिर रहा है बट इस स्टॉक ने एक कहानी अपनी बता दी स्टॉक ने एक अपमूव दिया अपमूव दिया वॉल्यूम के साथ स्टॉक की रैली देख सकते हैं आप वॉल्यूम के साथ चल रहा तो है वो स्टॉक को एनाइज करता है।, एक चार्ट जो है वो आपको अपनी कहानी खुद बता देगा सो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ट को स्टडी करना चार्ट पे जब तक तो कोई चीज चार्ट पे नहीं बन रही तब तक हम उसको नहीं मानेंगे सेकेंड थिंग जो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलिसिस पार्ट पे वो है कि तो okay. so, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंड पार्ट में वो है कि रदर हाउन जब भी आप किसी चार्ट को स्टडी कर रहे हैं या किसी स्टॉक को स्टडी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ हाउ मीन कैसे ये स्टॉक कैसे ऊपर जा रहा है कैसे नीचे आ रहा है रदर दिन वाय क्यों So, एक टेक्नलिस्ट जो होता है वो हमेशा जानता हाउ मतलब इसके पीछे रीजन क्या है क्या किसी कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिला है क्या उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या ये ऑपरेटर गेम है तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से स्टॉक को एनालाइज करता है स्पोर्ट से इंडिकेटर से एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है यहां एनालाइज करने का स्टॉक तो वो क्या करता है वो हाउ में बहुत इंटरेस्टेड है अगर आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है तो आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट क्या है कि कैसे हो रहा है क्यों क्यों का क्यों, क्यों, क्यों, क्यों, क्यों को आसान नहीं होता क्यों हो रहा है भाई मेरे साथ आप ब्लेम कर लीजिए मतलब आपसे कुछ बुरा हो रहा था आप बोलेंगे बोलेंग मेरे साथ क्यों हो रहा है रतन दन यह जानने की, की मेरे साथ कैसे हो रहा है मैंने क्या गलतियां की वो ज्यादा ज्यादा इंपोर्टेंट है रतन क्यू सो इन टेक्निकल अनिस सेकेंड थिंग मोटे हाउ ये स्टॉक कैसे बढ़ रहा है rather than क्यों आई होप आपको चीज इंटरेस्टर्ड होगी होगी नेक्स्ट चीज जो मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा वो ये है कि प्राइस जो है ना वो एक ट्रेंड में बढ़ता है या जो किसी स्टॉक को गिरता है तो ट्रेंड में गिरता है फ्री फॉल नहीं होता सो लेट्स टेक लेक्ट एग्जांपल हियर वी हैव महिंद्रा महिंद्रा अगर आप इसको डेली टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम पर स्टॉक को देखे, तो पे स्टॉक क्या है पचहत्तर कितना यहां से स्टॉक गिरना शुरू हुआ क्या इस स्टॉक में फ्री फॉल आया नहीं अगर आप इसको ये डेली टाइम फ्रेम पर देखो यह स्टॉक यहां गया इसने एक ग्लो बनाया ठीक है फ्री यह स्टॉक नीचे गया फिर इसने इसको तोड़ने की कोशिश की फिर यह स्टॉक आया फिर इसमें इस इस सेलिंग आई फिर इस गया तो प्राइस जो है वो ऐसे गिरा कैसे गिरा सर ऐसे गिरा वो फ्री फॉल नहीं आया उसमें ऐसे फ्री फॉल नहीं आया बड़ी सी रेड कैंडल बनी हो स्टॉक नीचे आ गया हो नहीं उसने पूरे दिन में एक मूवमेंट दी है I tell you the द मोमेंट लाइक दिस इसको हमली टाइम फ्रेम से ऑल ए टाइम फ्रेम लेते जैसे मैंने आपको कहा क्या देखा टेक्निकलिस्ट ने देखा कि भाई ये स्टॉक ऐसे सीधा गिरा नहीं है ये ऐसे गिरा है ऐसे ऐसे ऐसे कुछ चीज ऐसे, ऐसे, wrong, तो कुछ चीज ऐसे-ऐसे ऐसे-ऐसे-ऐसे सॉरी इट में तो तो तो तो गिर रही है है है है है है ये ये ये ये ये ये एक लाइन रेजिस्टेंस लो लो लो हाई हाई हाई सो जो मेरे दोस्त हैं अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा उनको कहीं पर भी ये पैटर्न बनता हुआ दिखे तो लोवर हाई पे सेल कीजिए लोअर लो पे बाय कीजिए क्या कह रहा हूं लो पे सेल कीजिए लोअर लोअर लो पे बाय कीजिए लोअर हाई पे सेल कीजिए अब इसी तरीके एग्जांपल को एक तरीके से और समझते हैं कि जब हमने यहां देखा अगर आप इसको यहां देखें स्टॉक को तो स्टॉक ऐसे नहीं बढ़ा सकता स्टॉक जो है वो ऐसे नहीं बढ़ा है वो ऐसे बढ़ा है सी? बढ़ा ना? ये मैंने एक ड्रा कर लिया ये इसका एक्सपोर्ट रहा मैं आपके लिए ओके दे देता हूं लेट मी सी लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू इन ए बेटर पे। ये देखिए तो स्टॉक ने क्या स्टॉक ने क्या मैं अब वो ट्रेंड में हूं मैं अब वो ट्रेंड में हूं ये देखिए तो कभी भी स्टॉक परफेक्टली ये ये ये, ये, ये, ये लीजिए तो स्टॉक अफ वो ट्रेंड में था ग्यारह सो छब्बीस से लेकर ग्यारह तक ये स्टॉक गया पर ये एक साथ नहीं गया ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहा पर टेक्निकल ने ये जज कर लिया स्टॉक में कि स्टॉक तो मोमेंट में है तो उसने क्या किया उसने लोवर लो पे बाय किया हाई हाई पे सेल कर दिया देन उसने उसको होल्ड करता गया क्या किया उसने आप देख सकते हैं मूवमेंट देख सकते हैं अपने यहां पर यह मूवमेंट है तो ये क्या है लोअर हाई हायर हाई हायर हायर स्टॉक बनाता जा रहा है ना? है, ना, तो ये इससे हाई है फिर इससे हाई है फिर इससे हाई है फिर इससे हाँ है, फिर इससे हाँ इससे हाँ है, इससे हाँ है, इससे हाँ है है, है, है, ये ना, तो इससे हाई है तो, तो उसने ड्रा कर लिया अब उसने यहां क्या देखा अब उसने टेक्निकल चीज की होगी उसने टेक्निकल में देखा कि भाई ये स्टॉक तो अपर ट्रेंड में था ड्रा कर देते हैं तो मैं आपको बत तो बता रहा हूँ इसका सपोर्ट कहा है सर यह इसका सपोर्ट है स्टॉक क्या कर रहा है यह कंसोलिडेट कर रहा है जब तक यह स्टॉक 1180 को नहीं तोड़ेगा तब तक वो वेट करेगा जिसने 1125 पे खरीदा है उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1145 होगा अगर इसको तोड़ेगा तो वो बेच देगा अगर वो इसको होल्ड करता रहेगा स्टॉक तो 1180 के टूटने का वेट करेगा या तो उसने ग्यारह पे बेच दिया होगा जिसमें कैश में जिसमें में खरीदा है, जिसने किया तो वो किसी पे निकल जब तो उसको अपना जिस यहाँ तो कॉन्सल्टेशन है यहाँ स्टॉक बहुत देर रुका है तो यहाँ भी तो सेम रियक्शन होगा तो जो सबसे बड़ा फोर्थ गोल्डन रूल है स्टॉक मार्केट का टेक्नोलिस का हिस्ट्री रिपीट इन सेल्फ क्या कहता हूं मैं हिस्ट्री रिपीट इट 2008 में क्रैश आया था दो में क्रैश आया दो हजार में क्रैश आया मार्केट में तो हिस्ट्री टेंट रिपीट सेल्फ तो जो स्टॉक है वो तो रिपीट करता है जैसे अभी स्टॉक यहां पे आया कंसल्टेशन फेज पे था स्टॉक ओपर क्यों नहीं गया क्योंकि तो यहां पर वो स्टॉक बहुत देर रुका था तो इसने भी यहां रिपीट किया स्टॉक यहां कुछ देर रुकेगा माना इस ड्यूरेशन तक जितनी ये ड्यूरेशन है इस ड्यूरेशन तक नहीं रुकेगा जितनी ड्यूरेशन का ये है जितनी ड्यूरेशन में ये रहा शायद ड्यूरेशन में ना रुके पर कुछ देर तो यहां रुकेगा फिर वो यहां से एक अप मूव लेगा फिर इसका अप पोर्ट और रेजिस्टेंट ड्रा की जाएगी सो इंटर डे या जो टेक्निकलिस है उसमें ये कहते हैं कि हिस्ट्री टेन्स टू रिपीट इट्स तो जो मैंने आज आपको चार प्रिंसिपल्स बताए हैं टेक्निकल एनालिसिस के उनको मैं इन शॉर्ट आपके लिए रिपीट कर देता हूं ताकि अगर आपको दोबारा इसको समझना इजली समझ आएगा आपको फर्स्ट जो रूल था मेरा वो रूल ये था सर कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग क्या करती है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग Means, एक चार्ट अपनी कथा खुद बता देता है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है या न्यूज़ में क्या चल रहा है या या मार्केट में क्या चल रहा है या मुझे कोई ऑर्डर्स मिल रहे हैं किसी कंपनी को जो बिग इंस्टीट्यूशंस है वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ किसी स्टॉक के साथ तो वो सब कुछ बता देता है आप सेकेंड जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया वो प्रिंसिपल यह है वो प्रिंसिपल यह कहता है कि सर हाउ Is more important than मोर इम्पोर्टेंट दे कैसे बढ़ रहा है वो जानने में ज्यादा principle रखी है जो आपको बताया वो प्रिंसिपल यह कहता है कि stock जो है वो एक trend में move करता है stock moves in a trend means को stock ऐसे नहीं गिरता या कोई stock ऐसे नहीं बढ़ता straight line में वो इस तरीके से आता है नीचे और इस तरीके से बढ़ता है सर लोवर लो लोअर हाई लोअर लो लोवर हाई देन देोवर हाई हायर हाई हायर हाई, हाई, हाई लोअर हाई तो वो इस तरीके से बनाता जाएगा सो so, जो ये नीचे की लाइन है ये कहलाई कहलाएगी स्पोर्ट जो ऊपर की लाइन है वो कहलाई जाएगी रेजिस्टेंस तो अगर कहीं पर भी उसको ब्रेकआउट मिलता है तो वो ट्रेड लेगा और सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट चीज को आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलना है कि हिस्ट्री रिपीट इन स्टॉक मार्केट इन लाइफ और एवरीवेयर हम तो क्या देते हैं कि भैया आज कर लेते हैं कल जो अपर जब हिस्ट्री अपने को रिपीट करते तो आदमी सबसे ज्यादा पछताता है इतिहास अपने आप को दोहराता है हिस्ट्री रिमेंबर हिस्ट्री Repeats itself. So that's it from my side, guys. आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप अपने वैल्यूबल इनपुट दे सकते हैं वी आर फ्री टू टॉक हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक पर दिया हुआ है आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री टू डिस्कशन चैनल है एंड इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा Next टेक्नोलिसिस का part जो है वीडियो कल upload होगी So wait and watch for it if you like it do share subscribe thank you